मध्य प्रदेश में काली कमाई के एक और कुबेर का खुलासा हुआ है ईओडब्ल्यू की टीम ने जब जबलपुर आरटीओ संतोष पाल के घर छापा मारा तो अधिकारी उसका आलिशान मकान देखकर दंग रह गए आरटीओ के घर 16 लाख नकद तमाम जेवर और जमीन के दस्तावेज मिले हैं जबलपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल के शताब्दीपुरम स्थित घर पर बुधवार रात ईओडब्ल्यू टीम ने छापामार अंदाज में सर्च कार्रवाई शुरू की आरटीओ पाल का आलीशान घर और भीतर रखा साजो सामान देकर छापामार टीम अवाक रह गई ईओडब्ल्यू की टीम ने संतोष पाल के कई संपत्तियों की छानबीन शुरू की आज टीम को 16 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर मिले आर संतोष पाल के शताब्दीपुरम स्थित घर पर छापा मारने के साथ ही ईओडब्ल्यू की टीम ने उसके ग्राम दिया चरगवा में करीब डेढ़ एकड़ कर जमीन में बने आलिशान फार्म हाउस एवं जीरो डिग्री विजय वाले घर पर भी पहुंच गयी पाल के पास जमीन की खरीद फरोख्त के संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के एसपी राजपूत ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च कार्रवाई की जा रही है प्रारंभिक सर्च कार्रवाई में घर लग्जरी कारें जमीन प्लॉट सहित करोड़ों की संपत्ति का पता चला है आर पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की गयी थी शिकायत की जाँच में सेवा अवधि के दौरान आरटीओ पाल एवं उनकी पत्नी रेखा पाल जो आर कार्यालय में लिपिक को वैध स्त्रोतों से प्राप्त आय की तुलना में व्यय एवं अर्जित संपत्ति 650 प्रतिशत अधिक होना पाया गया जिस पर दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है इनके पास छह बड़े मकान एक i20 कार एक स्कॉर्पियो पल्सर बाइक और बुलेट मोटरसाइकिल मिली है